भाई मैं बोलूँगा नहीं कितना अच्छा है आपको यहाँ आना पड़ेगा यहाँ पे आती हूँ तो कुछ भीड़ लाइन लगती थी हेलो भाई यहाँ पर स्वादा कि वीडियो मैं तो भाई तील। आज हम लोग आए हैं ट्राई करने उनका टिकिया पापड़ भी बहुत अच्छा होता है ट्राई कराते फेमस चल रहा है कटरा साइड तो हम लोग ट्राई करते हुए बताते हैं आपको अच्छा से अच्छा सा रिव्यू देते सो भाइयों अगर हम इसकी लोकेशन की बात करे कटरा लक्ष्मी के लेफ्ट है माई के पास में और संजय बैठ के पास तो चाचा जी आप मुझे ये बता दीजिए टिकिया बना रहे हैं किस चीज की बन रही है आलू मूंग की दाल की टिकिया है अच्छा मिस्ट मिस्ट सो तो भाईयों अब चाचा जी टिकिया डाले कढ़ाई पे जो एकदम बहुत भयंकर से पकड़ है और चाचा जी बता रहे थे कि भाई इसमें अपना प्यार मिलाते जो कितनी स्वादिष्ट रहती है तो इनका प्यार आज खा के देखेंगे प्यार दिखाते भी हैं खिलाते भी हैं तो चलते हैं आप खा के बताते कैसा है ये एक नंबर लग रहा है इसे देखने में तो आपकी दुकान की लोकेशन क्या जगह कहाँ है आपकी दुकान हमारा जगह लक्ष्मी जीवराटिव बैंक के पास की बात करें तो प्राइस क्या है कितने रूपये की है ये एक के दो पीस है और पापड़ी चाट पापड़ चार बारह रुपए की एक पीस रुपये दुकान पच्चीस साल से सो so, मतलब चाचा जी आप पच्चीस साल से एकदम जबरदस्त टेस्ट देते आ रहे हैं हमारे प्रयागराज को। लगा है पापड़ी आ चुकी है आप देख सकते हैं हम लोग इस पर टेस्ट करने वाले कैसा है ये भाई बहुत बेहतरीन है इसकी शक्ल देख है एक नंबर है और इसका प्राइस माँ से बारह रुपये है क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत है तो दूसरी चीज ट्राई करते हैं कि बताते हैं आप so, सो भाइयों अगर मैं टिक्गिया की बात करूँ टिक्गिया सिर्फ मात्र बारह में दो टिक्गियाँ मिलती हमको हरी चटनी के साथ तो भाइयों हमारे सामने देख सकते हैं। हैं सब लोग टेस्ट करने जा रहे कैसा है ये फिलहाल इसको मैं तोड़ दिए भाई मैं बोलूंगा नहीं कितना अच्छा है आपको यहाँ आना पड़ेगा देखे इतना इतना बढ़िया टेस्ट है यार आपने यहाँ खाया तो आपको कैसा लगा टेस्ट इतना तो अच्छा लगा पूरे इलाहाबाद में ऐसे पापड़ नहीं यूनिक टेस्ट भी दे रहा है आपको टेस्ट यहां अपनी तो कुछ तो भाई कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आइएगा तो हमारे साथ आयान भाई भी है भाई और गरीबों का केक खाने जा रहे हैं आप मेरे यहाँ से लगते हैं सो so भाइयों अब हम लोग पहुंचे हैं रामवाति का जो कि कन्नागंज में परागराज में सो so भाई जहाँ 25 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रामायण चलेगी जिसको भी इंटरेस्ट तो आ जाए मैं इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो so विजिट जरूर करिएगा आप